तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सेल के अंदर प्रोटेक्शन मेथड की देखिए प्रोटेक्शन जो है काफी ज्यादा यूजफुल होता है एक्सेल में डेटा को वैलिडेट करने के लिए और डेटा को सही ढंग से एंट्री करने के लिए तो प्रोटेक्शन आपके सामने आएंगे मतलब कि आप चाहते हो कि आपके मर्जी के बगैर या आपके नॉलेज के बगैर कोई भी आपको डेटा के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ अच्छा कर सके वो प्रोटेक्शन है तो प्रोटेक्शन में तो सिर्फ पासवर्ड डालना ही नहीं उसमें बहुत और भी बहुत सारे ट्रिक्स जो है जो कि आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में तो क्लास बहुत मजेदार है छोटा है ध्यान से देखिएगा कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा तो मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा डेटा सीट है मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसमें डेटा एंट्री ना कर सके तो कोई बड़ी विकल नहीं है मोस्टली लोगों को पता होता है कि सीट के ऊपर जाना है प्रोटेक्ट सीट पे जाना है और पासवर्ड डाल देना है लेकिन ध्यान रहे पासवर्ड जब भी आप डालते हैं तो यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्लियर आपको बोल रहा है इफ यू लॉस एंड पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो पासवर्ड क्रैक कर देते हैं लेकिन गारंटी नहीं है कि पासवर्ड क्रैक हो जाएगा इसलिए आप जो है पासवर्ड उसी तरह से रखें जो आपको याद हो तो पासवर्ड को कन्फर्म करने के बाद यहां आप कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते जनरल सी बात है और हमने सीट के ऊपर राइट क्लिक किया आप जो है यहाँ होम मेनुबार के अंदर भी फॉर्मेट पे भी यह है प्रोटेक्ट या रिव्यू के अंदर भी आपका होता है प्रोटेक्ट यहां से प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आप यहां देखिए प्रोटेक्शन के बाद मैं किसी तरह का डेटा चेंज नहीं कर पा रहा हूं किसी तरह का डेटा को फॉर्मेट नहीं कर पा रहा राइट right? तो क्या हम पासवर्ड डालने के बाद भी कुछ कर सकते हैं मतलब कि ऐसा कुछ जो पासवर्ड डालने के बाद भी हो सके मतलब एक लिमिटेड हम ये देना चाहते हैं लिमिटेड परमिशन देना चाहते हैं दे सकते हैं जो आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक आता है अलाओ और यूजर को वर्क यूजर वर्कशीट वर्कशीटो मतलब कि इतने जो इतने जो फीचर्स आप देख रहे हैं सारे फीचर्स आफ्टर द प्रोटेक्शन इस पे आपने क्लिक किया तो डिफ़ॉल्ट जो होता है डिफ़ॉल्ट जो होता है और क्लिक होता है। क्या होता है करने की। तो के दो टाइप होते हैं और कैसे पता करेंगे? आपको भी आगे थोड़ा फिलहाल आप जान लीजिए अनलॉक सेल जो लॉकड को मतलब मतलब कर सकते हैं डेटा उसके अलावा फॉर्मेट सेल्ट कर देंगे और पासवर्ड डाल दीजिए तो हम कुछ टाइप तो नहीं कर सकते बट सेल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहां आपके पास फॉर्मेट रो है रो कर सकते हैं कॉलम कर सकते हैं कोई इंसर्ट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं शॉर्ट कर सकते हैं है, फिल्टर यूज कर सकते हैं प्यवर्ड यूज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे चेंज कर सकते हैं किसी सेनेरियो को बना सकते हैं राइट right? लेकिन मेरा काम कुछ और है मैं चाहता हूं कि पासवर्ड डालने के बाद बंदा चेंज तो नहीं कर पाता है किसी तरह की बट डेटा को तो कॉपी करके कहीं और ले जा सकता है यहां पर तो देखिए मैं चाहता हूं कि बंदा डेटा भी कॉपी नहीं कर पाए मैं कोई भी पर्सन डेटा कॉपी ना कर पाए तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए सिंपल है वो टेकशीट पे जो यहाँ पे अलाव दिख रहा है सिलेक्शन का क्योंकि कॉपी को तो नहीं रोक सकते कॉपी नॉट ए पार्ट ऑफ द एक्सल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन कॉपी करने के लिए जरूरत क्या पड़ती है सिलेक्शन की बगैर सिलेक्शन की कोई कॉपी तो होगा नहीं, नहीं सर तो मैंने यहां से सिलेक्शन की अलाव जो है उसको हटा दिया पासवर्ड डाल अब मैं कहीं क्लिक ही नहीं कर पाऊंगा तो सिलेक्ट तो कर ही पाऊंगा नहीं अगर किसी ने बाई डिफोल्ट कॉपी भी कर दिया तो एक सिंगल सेल होगा जिस जिसपे पासवर्ड डालने से पहले कर्सर था तो वो ब्लैंक सेल पर रख दीजिएगा ठीक है अभय जी सर अब इसमें अगला जो ऑप्शंस आते हैं अगले ऑप्शंस पता बढ़ते हैं कि मैं चाहता हूं किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना मतलब पूरा एरिया प्रोटेक्ट हो पासवर्ड नो एरिया पे हम कुछ चेंज कर सके तो थोड़ा पहले भी बात की थी हमने और भी बता रहा हूं कि यहां पर लॉक सेल अब लॉक सेल क्या होता है चलिए अब इस लॉक सेल के ऊपर बढ़ते हैं तो जो जो सेल किसी भी सेल डिफॉल्ट जो होता है लॉक्ड होता है मतलब फॉर्मेट सेल के अंदर प्रोटेक्शन वाले टाइप में इस लॉक्ट पे लॉक्ड सेल है मतलब मतलब कि पासवर्ड को इस समर्थन दे रहा है ठीक है लॉक्ड है अगर मैं इसी को अनचेक कर दूंगा तो ये अनलॉक्ड हो जाएगा मतलब की पासवर्ड से अपना समर्थन हटा लेगा जहां से हटाएगा उस एरिए पे पासवर्ड वर्क नहीं करेगा ठीक है तो मैंने इस येल्लो एरिया के ऊपर राइट क्लिक किया प्रोटेक्ट सेल पे गया और लॉक को अनचेक करके ओके कर दिया अब अभी भी काम हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक लॉक नहीं किया है तो सेल को प्रोटेक्ट सीट पे जाएं और कुछ बंद करें पासवर्ड डाल के ओके करें अब यहां पर कुछ भी टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं टाइप नहीं होगा बट येलो एरिया पे हम टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए टाइप हो रहा है। अगर इसी का उल्टा करना चाहूंगा मैं, मैं चाहता हूं एरिया जो है वो हमारा लॉक्ड रहे रेस्ट ऑफ द रेड एरिया अनलॉक्ट रहे तो क्या करेंगे जस्ट इसका उल्टा हमने क्या किया था इस एरिया को अनलॉक किया था बाकी लॉक डिफॉल्ट था अब इसमें क्या करेंगे इस एरिया को लॉक रखेंगे बाकी एरिया अनलॉक होगा तो हम सबसे पहले वन और ए के बीच जो ट्राइंगल होता है उस पर क्लिक करेंगे जिससे मेरा पूरा पूरा का सेलेक्ट हो जाएगा फिर राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल पे गए और यहां से लॉकड को हटा दें मतलब कि अब मैं पासवर्ड लगाऊंगा ना तो पूरा का पूरा सीट कहीं भी टाइप कर सकता हूं लेकिन इस एरिए पे नहीं करना है तो इस एरिए को सिलेक्ट किया Right राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल पे गए और लॉक्ट पे क्लिक कर तो अभी मिनी सीट थ्री में इस रेड एरिया को छोड़ के बाकी सारा अनलॉक्ड मतलब कि मैं पास पर लगा देता हूं तो यहां मैं किसी तरह का टाइप कर सकता हूं बट यहां नहीं कर सकता तो अभय जी एंड अचलेश जी कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं सर क्लियर है सर अब जी आपको अब यहां पे बात आती है कि इसका बेनिफिट्स क्या है चलिए एक छोटा सा डेटा शीट बनाता हूं ताकि आप उनकी बेनिफिट्स को समझ सके जैसे मैंने यहां पे नेम लिख दिया यहां क्वांटिटी यहां एमआरपी यहां अमाउंट कमीशन जी एस टी टोटल डे टाइम जो तो ये भी क्या है अमाउंट जो है वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी है कमीशन टू परसेंट ऑफ द अमाउंट है GST 18% परसेंट ऑफ अमाउंट है और यह आपका टोटल अब क्या है कि जब मैं टाइप करता हूं मैंने यहाँ पर टाइप किया पूजा क्वांटिटी में रखा और जैसे टाइप प्रेस करूंगा देखिए इस तरह से हो गए यहाँ पर डेट यहाँ पे टाइम यहाँ जॉब ठीक है दिरुगा? तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरा ये जो सेल्स दिख रहा है आपको दो चार सेल है आपकी वो फॉर्मूला कैलकुलेटेड तो मुझे अब डेट टाइप करने के लिए चार कॉलम को बार करके यहां पे जाना पड़ता है मतलब करीब चार सेकेंड हमारा वेस्ट हो जाता है दूसरा कोई भी जान सकता है इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगा हुआ तो मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर सर यहीं जाए ना एम आर पे तो डायरेक्ट मेरा कर्सर सर यहां से यहां हो जिससे मुझे हर इंट्री पे चार सेकेंड बच जाए और मैं फॉर्मूला भी कोई देख ना सकता तो सेम जो हमने सीट थ्री पे किया है वही सीट फोर पे करेंगे पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल पे जाएंगे अनलॉक कर देंगे अनलॉक कर देंगे तो वापस यहाँ आते हैं राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और लॉक राइट क्लिक यहां पे हम और शीट पे जाते हैं यहां बस एक छोटा सा एक आ, ट्रिक्स करेंगे सर ट्रिक्स क्या होगा ट्रिक्स होगा कि यहां जो सिलेक्ट लॉक्ट सेल है ना उसको हटा दे। स्लैट देल को मैं यहां से हटा okay, अब मैं यहां से दिखा आपको पर्सन नहीं जा पा रहा है hmm. किसी तरह की एंट्री हम यहां कर सकते हैं करेंगे मोहन ठीक है देखा आपने टैब डायरेक्ट चला गया वहां तो में ले ही नहीं जा सकता मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्म बगैर आप बना रहे कि नेम हो गया यहां पे रॉय नंबर हो गया और यहां मेरा मार्क्स हो गया और इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया अब मैं चाहता हूं जो मेरा कर्सर है अभी सबसे पहले क्या करेंगे तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसको हटा देते हैं और में जाते हैं हैं और और से लॉक्ड को हटा देते तो मेरा कर्सर इन तीनों के अलावा कहीं नहीं जाएगा जैसे पूजा लिखा एंट्री मारा यहां पर तो अभय जी और अखिलेश जी को अखिलेश अभ्य जी आपको अब इसमें अगला ऑप्शन जब बात करेंगे हम बात करते हैं कि एक मल्टीपल uh, एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना। पर एक चीज और है कि मैं चाहता हूं कि कर्सर मेरा जाए बट फॉर्मूला ना दिखे यहां पे क्या था सीट फोर में कि मेरा फॉर्मूला नहीं दिख पा रहा लेकिन क्लिक नहीं कर पा रहा था ना मैं चाहता हूँ कि ऊपर जो दिख रहा है ना इसी को हिडन करना तो उसके लिए आपको क्या करना है फॉर्मेट से लेके जो हिडन वाला है ना इसको क्लिक कर देना पासवर्ड डाली दिख रहा नहीं दिख रहा है यहां दिखेगा यहाँ दिखेगा जिस पे जिसके पासवर्ड फॉर्मूले में आपने हाइपर क्लिक कर दिया है फॉर्मूला यहाँ नहीं दिखेगा अब बारी आती है कि मुझे एक ही सेल के अंदर एक ही सीट पे दो डिफरेंट डिफरेंट एरिया है या दो से ज्यादा भी है मुझे अलग अलग पासवर्ड कि मान लीजिए मिस्टर ए का एरिया है और ए ना मिस्टर बी का एरिया है मैं चाहता तो हूं मिस्टर ए बी के एरिया में छेड़छाड़ ना कर सके और मिस्टर बी ए के एरिया में छेड़छाड़ ना कर सके तो राइट क्लिक वो ट्रैकशीट पासवर्ड डालेंगे नहीं।, नहीं इससे नहीं होने वाला आपको जाना होगा उसके लिए रिव्यू टाइप आपको एरिया को सिलेक्ट कीजिए रिज्यू टाइम में आपको दिखेगा अलाउ एटिट रेंज न्यू पे जाइए यहाँ पे अपना पासवर्ड को कन्फर्म कीजिए फिर अगेन न्यू पे क्लिक करें और यहां से जो रेंज है रेफरेंसल्ट कर लें और यहां पर मिस्टर बी के लिए डिफरेंट फास्टवर्ड सिलेक्ट करें पासवर्ड को कंफर्म करें एंड ऐसी जितने भी रेंजेस है बाकी जो कलर एरिया है उस पर टाइप नहीं कर सकता बट इस पर सकता हूँ करने से पहले मुझसे पूछेगा पासवर्ड जैसे मैंने इसे पासवर्ड डाल के एंट्री किया अब इसमें मैं टाइप कर सकता हूं ठीक है बट मैं जैसे ही यहां आऊंगा अगेन मुझसे पासवर्ड पूछेगा और ये पासवर्ड तब माने पासवर्ड पूछेगा और पासवर्ड गलत डाला तो नहीं एंट्री करेंगे और इसकी पर एंट्री कर सकता मैं पासवर्ड डाल चुका हूं हर बार पासवर्ड नहीं मांगेगा पासवर्ड कब तक रहेगा तब तक, तक आपकी फाइल री नहीं होती री होते ही अगेन पासवर्ड मांगेगा क्लियर क्लियर जी जी सर okay, अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि मैं सीट को डिलीट ना कर सकूं तो प्रोटेक्ट सीट के बगल में आपको टैब में आपको दिखेगा प्रोटेक्ट तो यहां पे मैं पासपोर्ट वाले कंफर्म कर दिया तो अब क्या होगा कि सीट के ऊपर किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं होगी ना इंसॉर्ट कर सकते हैं भी नहीं कर सकते ठीक है सर लेकिन फाइल हमारा ओपन हो सकता है मैं चाहता हूँ फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डल जाए तो आप आपकी फाइल बिल्कुल नई है सेव करने जा रहे हैं और तो सेव करते समय से आप यहाँ टूल्स टूल्स में आपको दिखेगा जनरल ऑप्शन पासवर्ड टू तो ओपन पासवर्ड तो टू तो मॉडिफाई दो पासवर्ड आप डाल सकते हैं लेकिन इससे आपका फाइल मान की सेवाइज हो जाएगा सेवाइज होने का मतलब नाम डिफेन लोकेशन लेकिन ऑलरेडी फाइल आपका सेव है आप चाहते हैं पासवर्ड को डालना तो इन्फो के अंदर ही आपको दिखेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक उसी में सबसे सेकंड नंबर विद पासवर्ड पासवर्ड क्लिक कीजिए और यहां पे अपना डाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपको ओपन पासवर्ड मतलब जब तक फाइल में आप पासवर्ड नहीं डालेंगे आप पासवर्ड फाइल को ओपन नहीं कर सकते क्लियर है सर सर yes, थी हमारी प्रोटेक्शन की क्लास अब आप लोगों के पास कोई डाउट्स है पूछ सकते हैं अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर डाउट लाने के लिए ठीक है तो प्रैक्टिस कीजिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ